नमस्कार दोस्तों आपको BBR चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत है मैं आपको ये आज खास वीडियो दिखाने वाला हूँ ये वीडियो आप आपके नज़र को और दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाएगा मन को शांति देगा ये दीपावली की रात की वीडियो है जो पूजा स्थल है उस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ भगवान आपकी मनोकामना पूरा करें यही शुभ चिंतक है बीबीआर चैनल आपका स्वागत करता है बंदन करता है नमस्कार जय माता की